तो स्वागत है आप लोग को सी के वाई ब्लॉग्स में तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आज आप लोग को हम गजब का चीज दिखाने वाले हैं हम लोग का गाँव में एक अजगर लेकर आया था एक आदमी तो वो अपने हाथ में पकड़ ले रहा था अजगर को तो उसका वीडियो हम निकाल के उसको वायरल करने के कोशिश कर रहे हैं तो कृपया आप लोग ब्लॉक में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ऐसा ताली में देखो झोला वाला जानवर नहीं निकलेगा तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी हाथ में ये साफ भैया ले लेंगे तो देख सकते हैं आप देखिए कैसे करके पकड़ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं तो तब तक के लिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर जल्द से जल्द कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें और साफ में देखिए जहर नहीं मैं तो बकारा ही है दिखाई देगा कि नहीं देगा खाना दे रहे प्रेम से ये भाई अरे तो साहब ये तो धीरे से हां वो ये आटा तो पेट के लिए नहीं आता खत्म नहीं करता है आप चला करिएगा जरा बात सुनेंगे हां हां सब देख साहब साहब देख गिरा साहब सुनवाड़ी तो अब नहीं आते खाली बजा दो हाथ को खाली बजा दो जरा पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ हवा हवा हवा बेटा बेटा कम मोटा हो जाओ सब बच्चा ताली मार दो हल्ला करके ताली बजाओ ताली बजा दो हाथ सब